दुनिया के 95% लोग अपनी जिंदगी में गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं 5% लोग हैं जो गर्दन के ऊपर के हिस्से से कमाते हैं। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है ये वाला पांच परसेंट ये वाला है पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है शाही किसकी खत्म होती है प्रेशर किस पे पड़ता है सारा काम यह करता है ना फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है